मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज युवाओं की मौत हो रही है गुड मॉर्निंग मुंबई शहर में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है वी हैव टू गेट स्टॉप आई लव इट ये काम किसी नॉर्मल पुलिस अफसर के बस की बात है ही नहीं इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए स्पेशलिस्ट यस सर। राधे 97 एनकाउंटर्स। उसका काम करने का अपना तरीका है अभी तो सिर्फ तीन इंच घुसाया है अगर अब कोई आगे बढ़ा तो उसके ब्लैडर की जगह फेफड़ा होगा और लिवर की जगह किडनी तुम्हें ये पुलिस का जॉब सूट नहीं करता वैसे आपका नाम क्या है दिया किसने रखा मेरे भैया ने जब कभी मेरी बहन होगी तो मैं उसका नाम नादिया रखूंगा नादिया बहन का पीछा कर बिल्कुल नहीं सर इनकाउंटर में मार दूंगा पुलिस की नौकरी है गिरफ्तार तो करना पड़ेगा मच रहे हूँ जान से मारना पड़ेगा दसवीं पास होने से पहले या तो वो जेल के अंदर होंगे या जमीन के अंदर एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता आई वुल क्लीन दिस सिटी राधे जाने के लिए नहीं भेजने के लिए आया है और तेरे हिस्से की बिरयानी हम सब मिल बांट कर खाएंगे और बोलेंगे ईद मुबारक Hey कैसे हो आप लोग दोस्तों उम्मीद है कि आप सभी लोग घर पर ठीक ठाक ही होंगे एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता ही है कि आपको क्या करना है तो प्लीज प्लीज प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और दोस्तों इस बार आपको क्या नया देखने को मिला और कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कॉमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है